कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ मैं राजस्थान हूँ मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत जाबाजी और दिलेरी की दास्तां मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति प्रेम और त्याग की कहानियाँ मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं मेरे रक्त से पांव मचलते हैं मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया देवानी है इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूं चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ हाँ मैं राजस्थान हूं मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है कभी युद्ध कभी अकाल कभी महामारी के खौफ से डराता है मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ सतर्क हूँ सावधान हूँ मैं राजस्थान हूँ